जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए जैसी भी चीजें हो अच्छा हो बुरा हो कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा कभी गलत बात भी बोलेगा ऊंची बात भी बोलेगा जब आप काम करेंगे जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे आपका हमेशा झगड़ा रहेगा जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं ये जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं सो वो ग्रेस जो है वो लीवे जो है हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी है जो आपके साथ, साथ काम कर रहे हैं जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते